लंबे समय से देखने में आ रहा था जिस सदन को हम मंदिर मानते हैं हम सभी सदस्यों को जिससे ताकत मिलती है विधानसभा से पक्ष की हो चाहे विपक्ष की उसकी गर्मा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है खासकर एक व्यक्ति जिसका नाम जीतू पटवारी है वो लगातार झूठ का सहारा लेकर पूरे प्रदेश को गुमराह कर पिछली बार सदन में भी ऐसा हुआ विशेष विशेषाधिकार समिति में वो मामला अभी भी विचाराधीन है लेकिन उदारता मुख्यमंत्री जी की विनम्रता अध्यक्ष जी इसके बाद ये लगातार इससे के कुछ से प्रयास होते रहे आज भी उन्होंने लगातार असत्य बोला झूठ बोला सदन के अंदर पहले बात से लगातार झूठे आंकड़े झूठे कहानी झूठे किससे सुनाए आप देखे बोला कि अंबानी जी कोई जू बना रहे वहां पर यहां से हमने बेच दिए इस व्यक्ति को यह नहीं मालूम है कि जानवरों के व्यापार पर प्रतिबंध है व्यापार नहीं होता जानवर का आदान प्रदान हो सकता है लेकिन चूंकि अंबानी का नाम था तो दिशा को बदलना था भ्रष्टाचार की तरफ ले जाना था और वहां से आए अंबानी के यहां से क्या आए बोले छुपकली आई चिड़िया आई तोता आई अंबानी के यहां से कुछ आया ही नहीं है लेकिन विषयांतर करके इस तरह का सिद्ध करना कि अंबानी से छुपकलियां ले ली मन कितना झूठा और विषय को ट्विस्ट करना ये लगातार जो सदन की मर्यादाओं को खरोच रहे ना ऐसे व्यक्ति ये वास्तव में दंड के पात्र हैं जिनसे ताकत मिलती है या उन्हीं पे उंगली उठा रहे हैं और इसलिए मेरे मित्रों आज ऐसे संसदीय कार्य मंत्री मैंने उन्हें संपूर्ण सदस्य से निलंबित करने का प्रस्ताव किया जिसको आज अध्यक्ष आसंदी के द्वारा बहुमत के द्वारा उन्हें सदन की अगली कार्रवाई पूरे बजट सत्र से उन्हें निलंबित किया गया मुझे मैं मानता हूँ कि शायद उनको इससे ज्ञान प्राप्त होगा वो झूठ बोलना बंद करेंगे माने प्रशिष्ट पांच बताते हैं जिसमें सिर्फ उनने प्रशिश पांच में यह कहा है कि हमारे पास ये ये है वो भी एक प्राइवेट संस्थान है अंबानी ने नहीं किसी प्राइवेट संस्थान पांच का वो जिक्र कर रहे हैं जिस इंदौर का वो जिक्र कर रहे हैं वहां भी ये नहीं आई है झुपकली वगैरह लेकिन कर रहे हैं जिक्र वो अपनी बात को सिद्ध कर रहे हैं आपको ध्यान हो उस समय कब प्लेट इतने के आए घुमा दिया था